So we. जी तेरे से ते राम होले से तेरा राम रफ तारफ तेरा राम तेरे गुण तर ना हो oh, चादी जब ककरा Sound like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking 'bout the love we're making and the light we're sharing. Come and feed me, oh feed me. Shining in the city, sound like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me, heal me. सजी दुनिया म पुराया है वो कर्म पुराया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझे मुझसे मिलाया लाया है तुझ पर मर गई तो पे मर के ही तो मुझे जीना आया है मुझे जीना आया है कोई दिल में काबू कर गया और ईश्का दिल में भर गया खो तो। मैं तो मर गया मुझे कर गया कर गया और मैं तो मर गया हो शुदाई मुझे कर गया कर गया ओ लाखों लाखों दुआ